जाओ तोड़ जवाना के मेढाड़ा चलाई मैकाई करी बहन करा के नाते सर दुख सर ने मैडम को लेकर फरार हो गया रे सला तुरे तो तो जाऊ भाग ना जाए ए साला कोची बोलत रे रे साला त पढ़ाय चलो त बोलनिया हमर साली ऑप्शन नहीं के हमर साली बहुत अच्छा बा ऑप्शन को भी ना कर सकता जीजाजी का बात बा साली जी हम ज्यादा नहीं स्कूल बाबासन के ख्याल रख हम जानत काहे से बोलत बानी जीजाजी बोलिना बहिनो त बैंक के नौकरी से फुर्सत नहीं के आ तोरा स्कूल में पढ़ला से फुर्सत नहीं के का करम जमाना बदल गइल बा में जी जी, घर में <laughs> में में जाओ तोड़ के, के जाके चलाई, चलाई, दिया खिलाई। न अपना फीस बदले किस ले हम? चुपचाप जहाँ जा दे ले। हाँ तो, ले। <laughs> के के तो तो हाँ तो तो एक रे रे? बड़ी के के के जाते जाते जाते हो हो ऊपर आवे खावे साला साली लोग जाओ और हम बानी जो? <laughs> खेला? सलाह सवेरे से काम कर फाट ग <laughs> ढेलो तू ही क्या करता रे रे लौकत ना ईंटा सर जाओ बाप तोरा के कम होते, होते मुआ दी लेकिन तोरा दे पढ़े रहना चढ़ साला चल हे रुक ना था नहीं तनी नहा सरस्वती पूजा के, तो के नहा रोक नी तब तक न रे हम ना लेट हो गई मैडम जी मुर्गा बना देवल मुर्गा से कहा साले तो नहीं रे पिछले बर मुर्गा बना दे तो मुझा रहे की पाटो के सिलाई के साथे साथे बुझाते रहे की हमारे गोरव फाट गए भाग साला दरपो कहीं का रुक ना नहा देबे त तने तेलौलो लगा के आवत न ठीक बात जल्दी आई है न त हम चल जाब लागत साला लेट हो गेल का मैडम के ना देखि लेनु त तो हमरा मनै ना लागेला ई <laughs> साला घर में घुसल गुछल से घुसले रह गेल ए साला तू ए त का करत अरे रे, रे? ए साला लेट हो गेलौ पढे ना जेबे का रुक ना चला तनी साला ढेलवाउ लेट क ले हउ हाँ। भाग साला हम न रुकबौ लेट हो जई हमरा ए भाई न रुक न त कह दे ए ढेला ढेला के हम कौन चल, चल, ना चल, चल, चल। एक केरा। हाँ। एक बात कहियो। हमरा हमरा जी जी ना पड़ता भाग रहे साला, तो अपन मुंह बोका के जैसा सुंदर सुशील जवानी वाला लोजल रे साला काला बारे रे। साल कि ना दिवस के दिन दिनौना तो तो तब रे फेरी मैडम जी मन रखनी नु हू तो से के हसके बतियाले एक मतलब मैडम जी सब लड़का से फंस गे ठीक है जा साले साले साले ना ना ना पहले अपन मैडम जी के <laughs> के के बाद में से हे नगारा बाबो पर हाथ छोड़ दे रे सुतना लोग तारे का बारे जाता रह सका। ना, बार उखाड़ा जाता नी जा हाँ, तू चलवा तो के बार उखा, हाँ, जा उखा जाता जा साले तू ना उजिया मारा की हम उजिया जाय मैडम जी सर आप तो यहाँ के पुराने टीचर है ये बताइए की क्लासों में इतने लड़का है की अड़ी आने वाला है नहीं सर अभी और आने वाला है अरे सुगी केरवा रह गया हम कह जानी कहो सब फेर में ना नोली खेल मैडम जी सर तमीज वाला लड़का सर स्कूल में है थोड़ा मार देना चलाते है तो लड़का ऐसे बोलेगा ठीक है मैडम मैडम जी धूकी आ गया सब। रुकिया मैडम हम देखते है हाँ सर क्या जी, हाँ दुकाने वाला है कि खाने वाला है जी, तो खाने वाला है वाला वाला वाला खाने खाने तो लेकिन हमनी में करा के दुक। दुक। का बाप के बाराती में आये बार बोलिए के बैठल हट बच्चा, हट, हट, हट, साले आगे ठीक बैठे मैडम हम आ रहे हैं ठीक जाइए, जल्दी से आइएगा ठीक है हाँ तो बच्चा साहब मेरे ऊपर ध्यान दो मैडम ध्यान तो अपने के ऊपर पहले ही मेरे बात पे ध्यान दो ठीक बा लागत मैडम जी हो। हो? दोनों के, के अरे बाप बाप रे पाप, हम नहीं तू हमरा तुम क्या फुसुर फुसुर बात कर रहे उठा। आजकल बाराई स्मार्ट ला बता कारवाई नी मैडम जी रूपए सोच ले <laughs> <laughs> <laughs> पैसा न लिया नहीं की पापा मौसी के लेवे गेल बारन। का? नानू मैडम जी हमरा घरे पूजा बानू हमारा के के ले आवे ऐसे मैडम तो तो तो जी टेंशन न लिया हमारा बाबू के पैसा बैगनो बिके हम बाबू के बैगन हाँ मैडम हमारे बाबू नैंग दो चार देख खुजरा लग जाता है अच्छा चलो तुम लोग याद है जी। अच्छा ना तो। कविता सुना कविता याद नहीं खे, गाना है गाना सुनाई ठीक है सुनो तो हर लून साला दुख दुख करे मैडम मैडम मैडम जी जी हम सुनाई ठीक है सुनाओ गाई जी। गाओ कि के जोगावली धानवा धुआं कहले बा कि खोदी खोदी ढोरी के वाग वाग वाग वाग वाग वाग वाग वाग। तो गाना है गाना आता है मैडम साफ सुथरा है ना जी मैडम जी ठीक है गाओ। पर संकार फिर नाम होता है की टीचर सिखा रही है और माई बाप सब कहते हैं हमारा बेटा टीचर ने बिगाड़ रख दी है मैडम जी सर सतर्क हो जाइए मीडिया वाला स्कूल में आ रहा है ठीक है ठीक है ठीक कर लीजिए कपड़ा उपड़ा दुकान ठोक मीडिया उड़ा के आपका वाले अंदर आ सकते हैं सर हम हाँ मीडिया से हैं आइए आइए आपके लिए माना थोड़े हाँ है मेरा चैनल आप तक इंडिया में आपका स्वागत है सर अपना परिचय दीजिए दर्शक को सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद मेरा नाम आरजे यादव हुआ सर अपना पूरा नाम बताइए मेरा पूरा नाम राम जन्म यादव हुआ मैडम आपका मेरा नाम कुमारी मैडम है सुनते हैं कि शायरी का आप बहुत शौकीन है सबसे पहले आप एक शायरी सुनाइए फूल है गुलाब का सुगंध लिया कीजिए जनाब। <laughs> फूल है गुलाब का सुगंध लिया कीजिए आ कुमारी मैडम मशहूर है 2023 में आके पढ़ लीजिए <laughs> वाह मैडम जी आई लव यू देवदा मैडम को आई लव यू कौन बोला कौन बोला मैडम के लिए बोला था, था निहान ना बोलनी है सर तुम तुम बोला बोला बोला है नहीं सार। है तो का बोला है नहीं नहीं नहीं तो तीन तीन जानी तो पदला जानी <laughs> सार जी हम लोग हैं से पद आ गया होगा बैठ हम कह रहे हैं कि मैडम को आई लव यू कौन बोला है तब तो पादा पादी के बात करता है कहीं का जाना दीजिए सर बच्चा सब तो नटखट ही होता है ठीक है हाँ। आप कहते हैं तो हम छोड़ देते हैं नहीं तो छोड़ा नहीं करते हम। हाँ तो मैडम बच्चा सबको स्कूल में अंडा उंडा खाना उ नहीं हम से पूछ रहे बच्चा सब है। सब से पूछ है। ठीक है हाँ मैडम हम बच्चा सबसे पूछ लेते हैं हाँ तो इसमें पूछना क्या है पूछिए ना उस लिखा खंड ढाका जब आपको देगा क्या समझते है बाबू खड़ा हो जाओ बाबू ये बताओ मैडम अंडा देती है मैडम की ना मैडम कहा अंडा देवाल अंडा तो मुर्गी देवल अरे बाबू वो बात थोड़ी है मेरे कहने का मतलब मैडम जी खाने के लिए अंडा देती है ना बिल्कुल ना। क्यों? वो तो मैडम जी बताई है ठीक है बाबू बैठो हाँ तो मैडम बताइए बच्चे सबको अंडा क्यों नहीं मिलता है ये बात जानने के लिए आपको कुंवारी मैडम पार्ट फोर देखना पड़ेगा कुंवारी मैडम पार्ट फोर कब आ रहा है कमिंग सुन हाय गाइस हमारा चैनल का नाम है परवाह टीम अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर लेजिएगा भाई लोग हल्का दबा दीह